खा से खरगोश गा से गमला खा से घड़ी अरे खाली चा से चम्मच छा से छाता ज से जहाज जहां से झंड खास में बकरी भासी भालू मासी मछली This is Abby.